तो लिखेगा कहानी वो फ्री फायर के इतिहास में शॉर्ट में शॉर्ट है वैसे तो ही शॉर्ट दूंगा आएगा जो सामने पहुंचा मौत के काट दूंगा फ्री फायर में मेरा दो सौ रात गेम में बनके जॉनी सभी प्लेयर